चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे बिहार सरकार के द्वारा यास तूफान जो विगत दिनों आया था जिसने बहुत सारी फसल को बहुत सारी बाग बगीचों को नुकसान पहुंचाया था जिसमें बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार में जितने भी यास तूफान से फसल छति को नुकसान हुआ है बाग बगीचों को नुकसान हुआ है तथा किसी भी प्रकार की जो खेतीर किसान हैं उनको नुकसान हुआ है तो इसमें उनको आकलन करके मुआवजा दिया जाएगा और चलिए इस न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे तो चलिए यहाँ देखते हैं या से किसानों को क्षति का होगा आकलन यहाँ देख सकते हैं राज्य में यास तूफान से खेती किसानी को जो नुकसान हुआ है सरकार उसका आकलन करने जा रही है कृषि मंत्री ने अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को तिरुत प्रमंडल के सभी जिलों जैसे मुजफ्फरपुर वैशाली सीतामढ़ी सीहर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा कर इसका आदेश दिया मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी जल्द रिपोर्ट तैयार करें कि उनका जिला में आज तूफान से कृषि क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ है कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार और कृषि निदेशक आदेश से मारे को इसकी निगरानी करने की ज़िम्मेदारी दी गई यहाँ देख सकते हैं यास तूफान से जो भी हुआ है जो कृषि अधिकारी हैं यानी बीओ जो होते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी उनको ये जिम्मेदारी दी गई गई गई है कि अपने जो प्रखंड है उसमें आप देखेंगे कितना क्षति हुआ है फसल को और उसके बाद रिपोर्ट भेजेंगे साथ ही नई व्यवस्था की गई है कि यदि कोई अधिकारी किसी योजना का निरीक्षण करने क्षेत्र में जाएगा तो अपनी रिपोर्ट को कॉपी उस कृषि मंत्री कोसांग को भी देनी होगी स्वाइल हेल्थ कार्ड बांटने को लगेगा कैंप कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड बांटने के लिए सभी जिलों में एक कार्यक्रम के तहत कैंप लगाने को कहा कैंप और इस दौरान कितने किसानों को कार्ड बांटेगा का इसकी फोटोग्राफी कराई जाएगी महामारी में इच्छुक किसानों को बीज की होम डिलीवरी कराई जाएगी यानी अभी महामारी चल रहा है तो इसमें किसानों को बीज की होम डिलीवरी कराई जाएगी विगत दिनों अब देखे भी होंगे बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे कुछ लोग होम डिलीवरी के लिए भी दिए था ऑर्डर उनको होम डिलीवरी किया गया है देख सकते हैं मंत्री ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक की कीमत पर बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी करने को कहा यानी जो भी खाद बेचते हैं सरकारी जो बीज के भंडार हैं अनुमानित दर पे जो खाद सरकार देती है उनको किसानी को को दिया जाता है उसमें यदि कालाबाजारी भी करते हैं अधिक रेट लेते हैं तो कृषि पदाधिकारी द्वारा छापेमारी की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण में गन्ना किसानों द्वारा फसल अवशेष के रूप में सूखे पत्तों को जला देने पर चिंता प्रकट की है यानी कृषि मंत्री ने पश्चिमी चंपारण यहाँ देख सकते हैं किसानों द्वारा फसल अवशेष जो होते हैं यानी आप देखे होंगे गन्ना में बहुत सारे जो अवशेष निकल जाते हैं छिल छिलन वगैरह होता है उसमें से तो उसको जला देते हैं लोग इसमें कृषि मंत्री ने इसमें चिंता भी प्रकट की है कि इसे वातावरण को प्रदूषण मिलेगा और बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी धन्यवाद